हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आप इस साइट पे जाएंगे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पे फ्रेंड्स ये आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन या फिलअप करेंगे नेम देना है एड्रेस देना है पिन कोड देना है ई मेल जिसको आप अपडेट कराना चाहते हैं मोबाइल नंबर जिसको आप अपडेट कराना चाहते हैं वो यहाँ पर आप दे देंगे फिर फ्रेंड्स मेन आपके ये दो ऑप्शन यहाँ से हैं आप ये सेलेक्ट सर्विस पे जाएंगे यहाँ से फ्रेंड्स आपको आई पी आधार सर्विस को सिलेक्ट करना है और इसमें नीचे सेलेक्ट में जाने के बाद आपको ये फ्रेंड्स यहाँ पे यूआईडीआई मोबाइल ईमेल मेल टू आधार लिंकिंग अपडेट इसको सेलेक्ट करना है इसके थ्रू फ्र इसके थ्रू फ्रेंड्स आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपने आधार कार्ड में अपडेट करा सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन हो रही है चाइल्ड के लिए इसके थ्रू आप क्या इसके थ्रू आप अपने पाँच साल तक के बच्चे का आधार एनरोलमेंट कर सकते हैं मीन्स आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं पाँच साल तक के बच्चे के लिए तो अभी हम यहाँ से मोबाइल ईमेल मेल टू आधार लिंकिंग को सिलेक्ट करते हैं और रिक्वेस्ट ओटीपी। टी ये फ्रेंड जो कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पे देंगे उस पे एक ओटीपी जाएगा यहाँ पर हमको वो ओ देना होगा यहाँ पे आप कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे इस नंबर को आप अपने पास कॉपी कर लेंगे अब आप यहाँ से क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट पे जाएंगे यहाँ पे जो नंबर आपने कॉपी किया है या फिर या तो आप यहाँ पे वो नंबर लिखिए या फिर आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए तो जो नंबर हमने कॉपी किया है वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं अब फैश पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पे दिखा रहा है ये कि ऑफिस बिजनौर एचओ स्टेटस पेंडिंग और रिक्वेस्ट आज हुई है और आधार सर्विसेज के लिए ये फ्रेंड्स आपकी यहां से रिक्वेस्ट होने के बाद विद इन सेवन डेज़ पोस्ट ऑफिस से एक पर्सन आपके दिए हुए एड्रेस पे आएगा और वो पंचिंग मशीन के साथ आएगा और आने के बाद वो आपका मोबाइल नंबर और ई मेल आपके आधार कार्ड में अपडेट कर देगा तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू